This is my and this is my <laughs> जब से ये वीडियो देखी है ना बस एक ही बात दिमाग में आ रही है कि टैलेंट तो भैया इन लड़कियों के पास ही है इनको पता है कैसे फॉलोवर्स और व्यव लाने हैं, और जब कभी घर में मेहमान मेहमान आए ना तो इनको बढ़ा देना सामने क्योंकि इनके पास सब है पिज्जा बर्गर सब चिकन विकन सब मिलता है भाई